अब इस बंदे को जैसी नॉक किया अब जो मतलब हाथ ला के बैठा था वही मुझे मारता है लेकिन तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस और गए आज के मैच की जो एंडिंग है ना आपको लास्ट में एक सैंडविच बनते हुए दिखाई देगा तो उसको सही से देखना हाँ खाने को मिले कि नहीं मैं बाद में बताता हूँ खैर अब देखो जैसे यहाँ पर उतरा भाई साहब बंदे बहुत सारे थे अब गायस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए फेस कैम नहीं किया बट आज तुम आवाज़ से ही काम चलाओ भाई साहब आज कितनी भगदड़ है भाई एक बार को डर गया मैं कौन है ये खैर सबसे पहले इन दोनों बंदों को मारा तो मैं सही बताऊं ना तो यहाँ के बंदों को जल्दी मारने का मेरा बस एक ही रीजन है क्योंकि यहाँ किल बहुत जल्दी छुट जाते हैं पर जैसिन को मारा भाई साहब देख रहे हो कैसे खड़े हुए अब इस हॉट ड्रॉप पे एक बंदा ऐसा भी है जो केवल मेरा ही शिकार करने आया है और वो भाई इतना दिमाग लगा रहा है मैं तुम्हें बताया ले देखो अब मेरा प्लान तो ये था कि यहाँ से ए लेके उड़ूंगा लेकिन बंदे भाई कितने सारे थे अरे बस करो भाई सारे बंदे तुम ही मार दोगे क्या चलो भाई साहब एक बंदे को मार दिया और बड़ा ही ईजी किल चुराया अब यहां जिस बंदे की बात कर रहा था वो बंदा बहुत टाइम वेस्ट करता है मेरा ठीक है तो मैं वो सब नहीं दिखा रहा बट एंड मोमेंट पे देखो जब मैं इसे पकड़ लेता हूं तो ये बंदा पेटी वेटी लूट के यहां से निकला और फाइनली ये देखो मेरे सामने आ ही गया देखो अब अब जैसे मैं इस बंदे की तरफ रश करता हूं भाई साहब अब सही बताऊं ना तो ऑलमोस्ट ये बंदा मुझे मार ही देता वो तो ये मान लो कि पता नहीं कैसे मेरा IQ काम कर गया मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया मुझे आइडिया हो गया था कि ये बंदा मुझे मारने वाला है इसलिए मैं भी थोड़ा सेफ खेला अब उसके बाद में वहां से निकला और जैसी धर की तरफ आया यहां भाई साहब एक टीम पता नहीं क्या मैंने सबसे पहले दोनों बंदों को मारा उसके बाद में देखो जरा अब ये वाला बंदा अभी अभी जिस पैरासूट से उतरा ही था और उसके बाद ये हो गया ऑफलाइन शायद इसकी मम्मी ने इसको फोन छीन लिया और दुकान भेज दे दूध लेने के लिए खैर दूध तो देखो मैं निकालता हूं अब इनका बेचारे चुपचाप गोलिए के आवाज सुन के इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी कर देंगे ना भैया ना इतना भी आसान नहीं है अब बाय जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो होमवर्क करो सबसे पहले हिट दैट लाइक बटन कोई भी चैनल पहली बार तो अब देखो इस वाले पबजी गेम्स भी खेल रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिखाओ अब इस मिनी फोर्टीन वाले बॉट ने मेरा खेल दो लेकिन कहते हैं ना कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है इस मिनी फोर्टीन वाले बॉट की वजह से यहां पर दो बॉट और पिकट हो गए और फाइनली मुझे यहां पर एक से एक्स्ट्रा ही गिल मिले इसके बाद मैं सीधा मरी एंट्री पोचिंग के स्कॉर्ड हाउस में अब यहां ना ये दो बंदे थे अब एक बंदे को तो मैंने आते ही मार दिया लेकिन दूसरा बंदा गायब हो गया कहने का मतलब है नौ दो ग्यारह हो गया यहाँ से अब मुझे डाउट था तो मैंने क्या करा पहले गाड़ी उठाई और आगे इस वाले घर पर अब जैसे यहाँ आया जरा सुनो साउंड आ रहा है पीछे से साउंड के हिसाब से ना फिनिश किया और पोचिंग की कहानी यही पे खत्म हो जाती है लेकिन अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है अब एक ऐसी फाइट में फंसने वाले जिसका अंत बहुत लंबा है जी हाँ गाइज अब इस बंदे को तुमने उड़ते देखा अभी जो डॉल लेके उड़ रहा था मैं सबसे पहले कवर में आया जैसे यहां आया मुक्के मार मार के आगे पहुंचते हैं, ताकि इस बंदे को हमारी पोजिशन पता चले अब यहां देखो अब मुझे डाउट था कि ये बंदा शेक में है ठीक है लेकिन तभी साउंड आया कि बंदा शायद इस वॉल के पीछे गेट फेंका बंदा नहीं हटा और एक साउंड और लेफ्ट से आया मतलब कि देखो ये भाग के गया पहले ग्रेनेड फेंका इस पर फिर एक ग्रेनेड लिया अब वो है तो शेक के पीछे ही, तो मैंने एक ग्रेनेड राइट में और एक लेफ्ट में फेंका जैसे आया अब पता नहीं यार ये बंदा इसका टीममेट है कि नहीं मेरे हिसाब से इसका ही टीममेट होगा क्योंकि देखो ओपन से आया था कवर भी ले रहा था और एक दूसरे को मार भी ले था तो देखो सारे के सारे जो कंक्लूज है वो मिल तो रहे कि हाँ ये है टीम ही अब मैंने इस बंदे की तरफ एक मॉली फेंकी कर दिया सीधा रश बट देखो अभी जैसी वाली मौली हाथ में लिए बंदा आया कवर में मतलब इस किस्मत देखो उधर भाई साहब बाहर की तरफ है भाई यार तू ही आके मार दे मेरे को पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा। भाई इसको मार क्यों नहीं ला बंदा ओपन से जो पहाड़ पे फाइनली बग्गी लेके आए बंदा और यह बंदा भी मेरे पे रश कर लेता है चलो भाई साहब फाइनली मैं बोल रहा था ना ये कहानी बहुत लंबी है अभी रुको अभी खत्म नहीं हुई है अब जो बंदा बग्गी लेके आया है वो मेरा शिकार करना चाहता है तो पहले काम करते हैं शिकारी का हंटर हम छीन लेते हैं भाई बंदा सामने भाई साहब बहुत ही कम एचपी अब ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगा सीधा घुस जाऊंगा प्री फायर अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया जिस बंदे को मैंने नॉक किया था या फिर वो वाला बंदा ये सारे एक ही टीम ओपन से, कोई मिनी 14 चलाता है। अब से मुझे कुछ ऐसे स्प्रे भी है जो आपका दिल जीत लेंगे तो अपने दिल को थोड़ा बचा के रखना अब देखो ये एक स्प्रे था बस ऐसे ही मैंने दिया लेकिन इसके बाद में जैसे ही मैं आता हूं उधर की तरफ बाइक का साउंड आया उतरा गाड़ी से अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी ऐसे ठुकी अगर मैं उधर की तरफ उतर जाता गलती से तो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होता फिर फाइनली अब देखो इस बंदे को मारने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि जब ये यह यहां से निकलेगा दोबारा बाइक लेके तभी मेरे पास एक मौका है तो तब तक मैं काम करता हूँ एक ग्रैंड फेंक देता हूँ जैसी ग्रेड फेंका बाइक की आवाज आई फिर से एंड यार वो बंदा सही में बहुत ज्यादा लेट था लेकिन कोई बात नहीं जैसा कि मैंने तुम लोगों को हिंट दी थी कि इस पर तुम्हारे दिल जीत लेंगे तो चलो भाई करते हैं चालू अब पहले यहां पर स्मोक किया और कोई डीपी वाला मेरे पे घात लगाए बैठा था ठीक है ना तो फाइनली स्मोक करके पूरा घूम घाम के मैं एक आर ड्रॉप भी लूट के आया और आ गया इधर वाली हिल पर जिधर की तरफ अभी से डीपी चल रही थी ठीक है लेकिन मैं पूरा घूम के आया ताकि मैं इन लोगों कंफ्यूज कर सकू अब जैसे यहाँ आया सामने लोग बंदा दिखाई दिया बग्गी भी दिखाई दी अब ये है भैया स्प्रे नंबर वन देखो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तुम्हारे रिएक्शंस वो मैं बोलूंगा नहीं बस तुम्हें पता है ना देखो मैं एक यूट्यूबर हूं मैं तुमसे बस यही एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाओ तो दिखाते रहना ठीक है ये था आ, हमारा स्प्रे नंबर वन अब जैसे इस बंदे को नॉक किया मैं यहां आया भाई साहब मानो ये बंदा जैसे उड़ गया भाई गायब ही हो गया मिला ही नहीं इसके बाद बट कोई नहीं मैं ढूंढता रहा और फाइनली देखिए भाई साहब गलती से जंप जम दबा, बट इस बंदे को मैंने यहां पर मार दिया अब इसके टीममेट या टीम पता नहीं भाई साहब कहा गई पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फाइनली मैं आ गया भाई यहां आई थिंक ये प्रीमॉक्स है ना हाँ प्रीमॉक्स वाली हिल पे अब जैसे यहां पर आया सबसे पहले आते एक बंदे को मारा और जिसका शायद मेरे को लग रहा है किल चोरा लिया किसी ने अब इसके बाद पीछे ड्रॉप गिरा पीछे की तरफ से फायर आई अब जरा देखते रहना ड्रॉप लूटा कुछ खास था नहीं स्प्रे नंबर टू भाई साहब ये बंदा स्नाइपर चला रहा था और स्नाइपर वर्सेस एम फोर मेरे हिसाब से ये एक बिग डील है भाई इसे तुम हल्के में तो नहीं ले सकते बाय द वे गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना अब यहां पर इसका टीममेट आता है और देखो जरा भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेट और आई थिंक आप इसे भी अच्छे स्प्रे बोल सकते हो हां मुझे पता है कि इसको मारने के लिए एक बार गन रिलोड पे गई है बट यार डिस्टेंस देखो और बंदा भाग भी रहा था थोड़ा सा ऊपर से यह मत भूलो कि पबजी माला और पिंग बहुत अजीब है इसका फाइनली पीछे की तरफ से पता नहीं कौन आया उसने मेरे पे ग्रैंड फेंका अब यहां देखो इस बंदे को मैंने देख लिया वो देखो अब ये बंदा थोड़ी सी होशियारी दिखा रहा था आके वहाँ पर लेट गया इसको लगा शायद मैंने इसे स्पॉट नहीं किया है लेकिन नहीं पता था इसको कि हाँ मैं इसको देख चुका हूँ फाइनली यहाँ पर स्मोक किया आगे जाने के लिए क्योंकि यहाँ मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था और इसके बाद आया मैं घरों की तरफ क्योंकि सिचुएशन सोलोवर से स्क्ॉर्ड किए बंदे पता नहीं कौन कहाँ कैसे हैं इसीलिए थोड़ा सा मैं कवर बाई कवर या फिर एज टू एज खेल रहा था अब यहाँ देखो मैंने गाड़ी मंगा ली थी और आई मीन गाड़ी मंगाने में नई गाड़ी मंगाने में अभी चालीस सेकेंड बाकी थे यहां एक बंदा दिखा मारने की कोशिश की कुछ रिजल्ट नहीं निकला और फाइनली मैंने एक नई गाड़ी ऑर्डर कर दिया अगर आप लोगों को नहीं पता गाड़ी ऑर्डर से मैं क्या बोल रहा हूं तो देखो पबजी माइल के अंदर जो भी अपडेट आ रखा है मैं इसमें गाड़ी लेने वाली स्किल मैंने ले रखी है तो मैं गाड़ी मंगा सकता हूँ फाइनली गाड़ी तो आ चुकी थी मैं लेकिन जोन के बाहर था लेकिन एक बंदा मेरे पे घात लगाए बैठा था देखो जरा अब इस बंदे को जैसी नॉक किया अब जो मतलब हाथ लगा के बैठा था वही मुझे मारता है लेकिन अब देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था कि आज एक सैंडविच बनने वाला है तो किस किस को चाहिए वाला सैंडविच ले जाओ भाई साहब मतलब ये बंदे दोनों ने मुझे घेर के यहां पर मार दिया बट थे दोनों अलग अलग टीम के अब यही था आज का गेम प्ले तो बाई दाइज आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जो बताना अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार दिखाते रहना कॉमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर देना